अरे भाई मेरा सवाल ये है कि हमारा कारोबार दूध का है तो हम सैंपल पे लाते हैं दूध तो, मतलब कि फैट परसेंटेज पे अब वो हमें महंगा बहुत पड़ता है और हम जब बेचते हैं उसे तो वो उससे कम पैसों में बिकता है तो हम उसमें पानी डालते हैं तो ये कैसे ही है अगर तो आप बेचने वालों को बता रहे हैं कि जी, जी, बता पानी हैं। डाला और जी बताते हैं बताते हैं तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे फिर तो आपको सवाल करना बनता ही नहीं है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब आप दोनों राजी हैं बेचने वाला और खरीदने वाला तो मुझे क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आई मेरा तो बीच में तो की नहीं बनता इस सवाल की मुझे समझ ही नहीं आई अनम्यूट करें ना मुझे नहीं आवाज आ रही उनकी अगर बेचने वाला और खरीदने वाला राजी है तो इसमें तो धोखा कोई नहीं है ना मेरे भाई धोखा तो उसमें है कि आप चीज को कह के बेच, बेचें। वो धोखा है बाकी दूध में पानी मिलाना तो कोई गुना नहीं है सुन्नत है बुखारी मुस्लिम में है कि नबीस्म दूध को ठंडा करने के लिए उसमें पानी मिला के पिया करते थे तो दूध में पानी मिलाना कोई जुर्म नहीं है जुर्म ये है कि आप दूध में पानी मिलाएं और उसके बाद जब बेचे तो मैं खालिश दूध बेच रहा हूँ हमारे यहाँ झेलम शहर में भी उन्होंने रेट लगाया था कि भाई आपको जो खालिस्तो एक सौ पचास रुपए मिलेगा और जो पानी वाला दूध है वो आपको एक सौ दस रुपये मिलेगा तो लोग अपनी मर्जी से ले जाते हैं उनको पता है अगर आप बता रहे हैं फिर तो कोई उसमें झूठ नहीं है ना फ्रॉड तो तब है जब आप ना खालिश चीज को खालिस कह के बेचे जी अगला सवाल करें